माँ अन्नपूर्णा का मंदिर अब संगमरमर से तराश कर तैयार कर दिया गया है अब यह मंदिर और भी सुंदर नजर आने लगा है मंदिर की सुसज्जा में तीन साल का वक्त लगा है नए मंदिर का लोकार्पण कर दिया गया है और पुराने मंदिर की मूर्तियों को नए मंदिर में स्थापित कर मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए इंदौर में प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर धार्मिक पर्यटनों में से एक है मां मंदिर परिसर में नए मंदिर का निर्माण छह वर्ग फिट किया गया नए मंदिर का भूमि पूजन तीन साल पहले 29 जनवरी को किया गया था लेकिन कोरोना के चलते इसका काम रुका रहा लॉकडाउन हटने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब यह मंदिर बनकर तैयार है इस मंदिर को सफेद संगमरमर से बनाया गया नए मंदिर की लंबाई 108 फीट और चौड़ाई चौवन फीट है इसको बनाने में बीस करोड़ का खर्च आया है इस मंदिर का लोकार्पण समारोह इकतीस जनवरी से रखा गया था अब तीन फरवरी को नए मंदिर के शिखर पर कलश प्रतिष्ठा ध्वजारोहण किया गया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 दखल न्यूज़